नमस्कार मैं प्राध्यापक प्रफुल्ल अशोक रावटाले जगदम्बा महाविद्यालय अचलपुर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम बी भाग टू सेमिस्टर थ्री के पहले यूनिट का जो सिलेबस का भाग है मुगल कालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत इसके बारे में देखेंगे इससे पहले वीडियो में हमने मुगल कालीन भारत के जो अलिखित या पुरातत्वी स्रोत थे उसके बारे में जानकारी ली थी आज हम जो लिखित साधन है या साहित्यिक साधन है साहित्य स्रोत है उसके बारे में जानकारी लेंगे इससे पहले जो पुरातत्वी स्रोत के बारे में हमने जानकारी ली थी उसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद में विस्तृत में हम साहित्यिक साधन की जानकारी ले लेंगे हमने मुगल कालीन भारत के जो ऐतिहासिक स्रोत है उसमें पुरातत्व स्त्रोत की जानकारी ली थी जिसमें किल्ले होंगे वास्तु है अभिलेख है स्मारक है नक्शा है हथियार मूर्तियां इसके बारे में हमने जानकारी ली हमने ये भी देखा कि अभिलेख क्या है पुरातत्वीय स्रोत क्या है शिलालेख क्या होते हैं कहाँ पर लिखे जाते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली थी इस तरह के आपको मैंने कुछ फोटोज भी दिखाए थे जो शिला है जो अलग अलग बात उस पर लिखी थी ये भी ये सब फ़ोटो शिला के आप देख सकते कि ताजमहल का फ़ोटो था ये आ, हीरा था हीरे पर उस कालखंड में लिखा जाता था आ, कुछ जो बादशाह होते थे वो लिख लिख लेते थे उस पर उसके बाद में ये भी देखते हैं ये भी शिला लेख है ये भी शिला लेख है ये शिला लेख जो हमने पिछले अः में कामिया पिछली वीडियो में हमने देखा था ये हम देखते हैं कि पाचू है एक अप उस पर लिखा गया था ये भी एक पत्थर है पत्थर पर लिखा गया था शिलालेख जिससे ये धातुलेख जो अलग अलग धातु होते हैं उस पर भी लिखा जाते थे जिसमें हमने पर लोहपट पर और पर इसके बारे में देखा था ये उसके कुछ उदाहरण है या उसके कुछ फोटोस हमने देखे थे ये लोह स्तंभ है आ, हमने देखा कि अलग अलग जो आ, धातु के बर्तन होते हैं या ये हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तरह का सिल जो है वो बनाया गया है उसका ये हम देखते कि थाली है तो ये अलग अलग स्मारक और अवशेष के बारे में भी हमने देखा था उसके फोटो हमने देखे थे आगरे का किला होगा ये दिल्ली का लाल किला ये पुरातत्वीय स्थल क्या होते है उसके बारे में भी मैंने बताया था आपको ये चित्तौड़गढ़ का ये मकबरे है उसके बारे में भी हमने जानकारी ली है ये सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी का दरवाज़ा ये विजय स्तंभ है तो मुद्रा जो होते सिक्के जो होते उसके बारे में भी हमने देखा है अलग अलग शासकों ने बाबर होगा हुमायू शर शाह अकबर जहांगीर शाहजहा औरंगजेब इन्होंने अलग अलग सिक्के बनवाए थे कुछ उसके फोटोज भी हमने यहाँ पर देखे थे आप देख सकते हैं ये फोटोज फोटोजे उसके राजमुद्रा हमने कहा था कोई भी अगर दस्तावेज प्रमाणित करना है तो इसका उपयोग किया जाता था उसके बारे में भी हमने विस्तृत जानकारी ली थी हम देख देख सकते राजमुद्रा को यहाँ पर सिक्कों का या राजमुद्राओं का जो महत्व था उसके बारे में भी हमने देखा था चित्र और नकाशी आ, किस तरह से महत्वपूर्ण तो होते जानकारी हमने दी है कुछ हमने देखे थे उस कालखंड का इतिहास के बारे में हमें जो बता सकते हम देख सकते हैं अलग अलग चित्र हमने देखे थे अ, उस कालखंड के आ, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये औरंगजेब जहागीर ये कुछ उस कालखंड की महत्वपूर्ण तो घटना मुगल हरम अलग अलग चित्र तो हमने त्योहार का चित्र भी देखा था नक्शा भी देखा था कि नक्शा किस तरह से महत्वपूर्ण होता है इतिहास जानने के लिए अलग अलग ये भी है अंग्रेजों द्वारा मुगल कालखंड का बनाया हुआ नक्शा था ये कश्मीर का नक्शा था, था जब शाही परिवार के साथ में वो कश्मीर गया था हमने देखा कि जब सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ था मुगलों का तब का यह नक्शा 1700 का ये अलग अलग, अलग शस्त्रास्त्र उसके बारे में भी हमने जानकारी ली है ये आई ने अकबरी में दिए हुए अलग अलग, अलग शस्त्रास्त्र है इसके बारे में हमने पहले देखा था आ, अलग अलग राइफल भाला खुदा हुआ हम देखते कि यहाँ पर डगर या खंजर है।, तो है।, है तो ये भी इतिहास के महत्वपूर्ण साधन है ये चित्र है तोप किस तरह से लेके जा रहे है उस कालखंड में वस्त्र और आभूषण कौन से थे हमने देखा चित्र में भी देखा है आभूषण के बारे में भी हमने अलग अलग चित्र भी देखे थे और जानकारी भी ली थी आ, आप देख सकते यहाँ पर अलग अलग चित्र है और ये पूरे भौतिक साधन जो थे उसमें मूर्तिया कास्ट कास्ट इसका मतलब है लकड़ी के जो चीजें बनती थी, थी उसे कास्ट हम लकड़ी को बोलते हैं तो अब हमें देखना है लिखित या साहित्यिक हम देखते हैं कि आपने प्राचीन कालखंड से ही भारत की इतिहास के बारे में पढ़ा है उसमें भी आपने देखा होगा कि लिखित स्रोत जो वेद होंगे उसके बाद बौद्ध साहित्य है जैन साहित्य है अलग अलग विदेशी प्रवासों के वर्णन होंगे अर्थशास्त्र है कौटिल्य का जिससे हम भारत का पहला एक इतिहासकार बोलते हैं कलन जिसकी रास तरंगिनी उससे पहले भी कई ग्रंथ कई साहित्य है उसके आधार पर प्राचीन कालखंड का इतिहास आपने पढ़ा होगा उसके बाद में आपने सल्तनत शाही जो मध्यन का एक पार्ट है उसके बारे में भी पढ़ा उसमें भी अलग अलग साहित्य आपने देखे हो गए ऐतिहासिक साहित्य होते हैं कुछ चरित्र ग्रंथ होते है, है ललित साहित्य होता है उसके बारे में भी आपने देखा धार्मिक ग्रंथ होते है ये भी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होते साहित्य क्या होता है साहित्य इसका मतलब हम देखते हैं कि जो विविध ग्रंथ है शास्त्र है उसका जो एक संग्रह होता है उसे हम साहित्य बोलते है साहित्य को समाज का आयना भी कहा जाता है समाज या लोग उससे अभिव्यक्त तो होते उस कालखंड की जो घटनाएं प्रथाएं होती है उसमें हमें दिखती है चित्रित होती है एक इतिहास का महत्वपूर्ण साधन साहित्य भी होता है हाँ जो पुरातत्व साधन है और लिखित साधन है उसमें एक फर्क है इसमें पक्षपात हो सकता है इसमें व्यक्ति ना हो पर हो पर सकती है इसलिए इसे इसकी जांच करना इसे थोड़ा सतर्क होकर पढ़ना ये महत्वपूर्ण होता है वैसा जो पुरातत्वीय साधन होते हैं जो पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं उसी तरह से लिखित साधन पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होते मगर फिर भी ये महत्वपूर्ण हो, हिस्सा होती है इतिहास का तो आगे हम देखेंगे लिखित स्रोत में क्या आता है लिखित स्रोत में जो ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए विविध प्रकार के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ है अलग अलग प्रकार के चरित्र ग्रंथ हो वो भी साहित्य में आता है उस कालखंड में जो करार होते हैं विविध उसके जो काग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी इतिहास में आते है जैसे राजकीय पत्र डायरिया फरमान ये सब जो है वो साहित्य में आता है साहित्य स्रोतों में आता है हम देखते है कि मुगल कालखंड में या मध्युगीन कालखंड में जो सभी शासक थे उन्होंने अपनी जो घटनाएं हैं वो लिखने का प्रयास किया इतना ही नहीं तो उन्होंने पहले जो घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में भी जो अपने साहित्यिक थे या इतिहासकार थे उस कालखंड में लिखने वाले उसके माध्यम से उन्होंने वो सब घटनाएं लिखित की है उसकी रचना की है इसलिए उस कालखंड में मध्युगिन कालखंड में या मुगल कालखंड में ऐतिहासिक जो ग्रंथ है वो बड़े पैमाने पर हमें मिलते हैं जो साहित्य थे बड़े पैमाने पर हमें मिलता है उस कालखंड में मुख्यतः फारसी भाषा थी संस्कृत का भी उपयोग किया जाता था मगर जो राजभाषा थी जो प्रशासन चलता था वो फारसी भाषा में चलता था इसलिए फारसी भाषा में बड़े पैमाने पर साहित्य निर्माण हुआ हुआ, हुआ है। फिर भी जो स्थानिक भाषा थी स्थानिक भाषा का भी विकास हुआ जैसे गुजराती होगी मराठी होगी बंगाली होगी उसी तरह से उर्दू है संस्कृत है हिंदी है इन भाषाओं में भी साहित्य लिखा गया है यह सभी साहित्य महत्वपूर्ण है इस साहित्य से हमें राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है इसलिए जो साधन होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं हम देखेंगे मुगल कालीन फारसी साहित्य एक फारसी एक भाषा थी फारसी भाषा में जो लिखा गया साहित्य उसे हम फारसी साहित्य बोल सकते तुजु के बाबरी ये जो पहला ग्रंथ था तुझे के बाबरी यह ग्रंथ चेकता है तुर्की में लिखा है भाषा में दिखा नहीं गया था मगर बाद में अब्दुल रही खान खाना है उसने फारसी भाषा में उसका अनुवाद किया है तुझे के बाबरी ये ग्रंथ बाबर ने लिखा हम देखते हैं कि बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की पानीपत का जो युद्ध था जो इब्राहिम लोधी के साथ में उसका हुआ था इक्कीस अप्रैल पंद्रह में उसने ही बाबर ने ही उसने लिखा है भारत में वो आया था भारत के बारे में भी उसने लिखा है जहाज हम देखते है कि बाबर का जो प्रारंभिक जीवन था वो संघर्षमय था मृत्यु तक की वो संघर्ष करता रहा फिर भी उसने अपना अपनी सत्ता निर्माण की तो जो मध्य एशिया है वहां पर किस तरह से उसे आया किस तरह से ये उसकी जानकारी भी हमें इसमें मिलती है उसके साथ साथ ये जो ग्रंथ है हम देखते हैं कि बाबर एक निसर्ग प्रेमी व्यक्ति था उसने इसमें निसर्ग का वर्णन भी किया है नदिया होगे फूल है बौधे है इसका वर्णन भी उसने किया है भारत का वातावरण कैसा है मध्य एशिया का वातावरण कैसा इसकी जानकारी हमें मिलती है वो जो बाबर था ऐसा कहा जाता है कि दिन भर कुछ काम करने के बाद में भी बाबर रात को इस ग्रंथ को लिखता था, था एक साहित्य के प्रति उसे एक रुचि थी इस कालखंड में इसने एक महत्वपूर्ण काम किया तो जो कि बाबर ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है मुगल का इतिहास की जानकारी के लिए एक प्राथमिक साधन हम उसे बोल सकते है उसके बाद में हुमायूं नामा हुमायू हुमायूं के कालखंड की जो घटनाएं है जो इतिहास है यह हुमायूं के बारे में उसमें प्यारु लिखा गया है हुमायूं की कहानी इसमें लिखी गई है हम देखते हैं कि बाबर का जो बाबर का जो हुमायूं बाबर बाबर लड़का था की एक लड़की भी थी गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम ने इस ग्रंथ की रचना की है यह ग्रंथ दो भागों में विभाजित हुआ है एक भाग में बाबर के बारे में बताया गया है दूसरे भाग में हुमायूं के बारे में बताया गया है बाबर के कालखंड में बाबर की जो जीवनी है जो कुछ भी संघर्ष उसके कालखंड में उसने किए होंगे जो कुछ भी घटना कालखंड में घटित हुई है जो आगे हमें पढ़ना ही है तो वो सब घटना इसमें दी है हुमायु के बारे में भी इसमें दिया है हम देखते हैं कि हुमायु का, का कालखंड जो 1530 से 40 तक था बाद में और हुमायूं ने मुगल सत्ता की स्थापना की मुगल सत्ता फिर से स्थापित की मगर यह कालखंड उसका संघर्ष में रहा था शेर शाहूर्य के साथ उसका संघर्ष हुआ था ये सब जानकारी इस ग्रंथ से हमें मिलती है उसके बाद में है तबकाते अकबरी तबकात इसका अगर अर्थ देखें तो सब डिवीजन होता है यानी तो इस ग्रंथ में अकबर के बारे में जो लिखा गया है वो अलग अलग खंड उसके निर्माण किए गए हैं तो इसलिए उसे तबकाते अकबरी कहा गया है अकबर शाही या तारीख निजामी भी इसको कहते हैं निजामुद्दीन अहमद जो था उसने ग्रंथ लिखा था उससे पहले जो अलग अलग प्रकार के ग्रंथ सत्ताईस ग्रंथ निर्माण हुए थे उसका अभ्यास उसने किया और उसके आधार पर यह ग्रंथ इस ग्रंथ की उसने रचना की है इस ग्रंथ में प्रांत जो शासक थे या प्रांत जो प्रशासन था उसके बारे में भी जानकारी दी है अकबर के बारे में भी जानकारी दी है अलग अलग घटनाओं के बारे में तारीख शेरशाही तारीख यानी इसका मतलब होता है इतिहास शेरशाही यानी जो शेरशाह सूर्य था जिसका नाम था बचपन में फरीद तो सूरी के बारे में इस में जानकारी दी है। एक मात्र है जो अबास तो हम देखते है कि बीच में हुमायू जो था हुमायूं का पराभव किया गया कन्नौज का युद्ध होगा चौसा का युद्ध होगा इस युद्ध में पंद्रह सो चालीस में फिर से यहाँ पर शेरशाह सूर्य ने अपनी सत्ता स्थापित की एक व्यक्ति था शेर मगर अपने बलबूते पर अपने पर वो बादशाह बना और उसने 1540 में सूर्य वंश की स्थापना की तो उसकी पूरी जानकारी जो है उसका प्रशासन कैसा था सैन्य संगठन कैसा था हम देखते हैं कि उस जमाने का शेर शाहूरी जो था अच्छा प्रशासक था उसके बाद आया अकबर अकबर ने भी उसकी जो प्रशासन व्यवस्था थी उसमें उसको जारी रखा तो ये जो शेरशाह एक अच्छा व्यक्ति था एक प्रशासक था अच्छा उसके कालखंड की जो पूरी घटनाएं हैं, वो अब्बास का शेरवानी ने लिखी है और एक अब्बास का शेरवानी जो था एक वस्तुनिष्ठ लिखान करता था उसने कई सारे जो ग्रंथ है तथ्य उसे, उसे उपलब्ध हुए उसमें जो सत्य घटनाएं है सत्य घटनाओं का ही आधार उसने लिया और एक अच्छा ऐतिहासिक ग्रंथ तारी शेरशाही उसने यहाँ पर लिखा है उसके बाद में अकबरनामा अकबरनामा ये अबुल फर ने लिखा हुआ ग्रंथ था अबुल फर जो अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था अकबर ने जो नवरत्न दरबार निर्माण किया था उस उसमें भी उसको स्थान दिया गया था उसके साथ ही आ, अबुल फर वजीर भी रहा था इन्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है अकबर कालखंड का अबुल फजर था तो उसने अलग अलग, अलग दो ग्रंथ लिखे अकबर है आई अकबर ये तो अकबर नामा में भी अबुल फजल ने अकबर के कालखंड की महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी है ये प्रामाणिक ग्रंथ है क्योंकि उस कालखंड में अबुल फजल जो प्रशासन था प्रशासन में जो कुछ भी डॉक्यूमेंट उसको लगती थी इतिहास लिखने के लिए या ग्रंथ लिखने के लिए उसे सहस प्राप्त हो सकती थी इसलिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसमें तिथिया यानी जो काला है उसके बारे में और भौगोलिक जानकारी भी दी गई है अकबर के कालखंड के जो कुछ भी घटनाएं हैं वो इससे हम जान सत्य उसके बाद में उसने आई ने अकबरी भी एक ग्रंथ लिखा था आई ने इसका मतलब होता है कानून अकबर के कालखंड में जो प्रशासन व्यवस्था थी जो कानून था उसके बारे में भी जानकारी दी है इसका नाम आई ने अकबरी होते हुए राज्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है सांस्कृतिक जान जानकारी आपको मिल सकती है ये अकबर का ही एक भाग तय भी ग्रंथ उस कालखंड में अकबर की जानकारी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसके बाद में मुंतब उल तवारिक मुंतखब इसका मतलब है चुने हुए है। और तवारिक इसका मतलब है इतिहास तो इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो इस ग्रंथ में दी गई है अब्दुल कादिर बदायूनी ये इस ग्रंथ का लेखक है ये अकबर के दरबार में इमाम था इमाम इसका मतलब होता है मुसलमान पुरोहित या धर्म प्रमुख जिसे बोल सकते हैं उस कालखंड में अब्दुल कादिर बदायूनी था इमाम था अकबर के दरबार में बदाईनी अरबी फारसी और संस्कृत भाषा का न्याता था वो अनेक भाषा वो जानता था उसने उस कालखंड में अकबर का विरोध किया विरोध यानी अकबर की जो धार्मिक नीति थी अकबर एक उधार व्यक्ति था अकबर के धार्मिक नीति की उसने आलोचना की उसके साथ साथ उसने इस ग्रंथ में सुबक्त से लेकर हुमायूं तक सुबक्त आपने मध्यगिन कालखंड का जो प्रारंभिक इतिहास है जो आपने पढ़ा था जैसे कि मोहम्मद गजनी है भारत में आया था सत्रह बार उसने की और भारत के कहीं लूट ली लूट वो लेके गया तो उसके जो पिता थे उसका नाम था गीन, जिसने गजनी में गजनी साम्राज्य की उसने स्थापना की थी खुरासान में तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति तो उस कालखंड से लेकर हुमाय के कालखंड तक अकबर के कालखंड तक उसने जानकारी दी है उसके साथ साथ सुपी जो संत थे सुपी परंपरा थी उसके बारे में भी उसने जानकारी दी है तो एक अच्छा ग्रंथ है क्योंकि इस ग्रंथ से हमें अकबर की दूसरी जो बाजू है उसके बारे में पता चलता है अकबर का विरोधक इसलिए अकबर की वाह वाह करने का काम उसने नहीं किया तो एक अकबर की जो दूसरी दूसरा पहलू था उसकी जानकारी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होती है उसके बाद में तुजुक जहागी हमने बताया कि मतलब आत्मा चरित्र तो जहागीर ने अपना खुद का आत्मा चरित्र लिखा था उसे इकबाल नामा तारीख सलीम शाही अथवा जहागीर नामा भी इसको इसको कहा जाता है जहागीर ने अपने अपना जो कालखंड है उस कालखंड में जो घटनाएं घटित हुई थी अलग अलग उसके बारे में इसमें जानकारी दी है आ, जो जागिरता संगीत है चित्रकला है उसका भोक्ता था उसका प्रेमी था उसकी जानकारी उसने इस ग्रंथ में दी है इस ग्रंथ को पूरा करने का का मोतमित खा था उसने किया था तो ये भी एक विश्वसनीय ग्रंथ है इतिहास जानने के लिए उसके बाद में नुस्खा ये दिल कुशा दिल कुशा इसका मतलब रमणीय होता है दिल को खुश करने वाला नुस्खा इसका मतलब होता है तरीका यानी हम इस ग्रंथ को बोल सकते हैं कि एक रमणीय जो घटनाएं हैं इतिहास की वो इस ग्रंथ में भीमसेन ने दी है जिसका नाम है अनुष्काय दिलकुशा जो भीमसेन था औरंगजेब की सेना में क्लर्क था जब औरंगजेब की सेना औरंगजेब दक्षिण भारत में आए पन्नाला जो दुर्ग है उसे घेराव दिया गया था उसके बाद भीमसेन ने मुगल सेना से वो बाहर निकल गया और इस ग्रंथ की रचना उसने शुरू की तो ये ग्रंथ दक्षिण भारत की जानकारी प्राप्त होने के लिए भी महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि इस ग्रंथ में वस्तुनिष्ठता है चापलूसी नहीं की गई क्योंकि औरंगजेब का जो दरबार था उसके बाहर आ चुका था तो ये भी एक ग्रंथ महत्वपूर्ण है औरंगजेब का इतिहास जानने के लिए दक्षिण भारत का इतिहास जानने के लिए नुस्काये दिलकुशाज भीमसेन ने लिखा था उसके बाद में इकबाई है इकबाई जो अलग अलग कालखंड था उसके बारे में जानकारी इसमें दी गई है मुतामिद खा द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है इकबाई नामा नामा यानी कहा तो आ, आ, उसने आमिर तैमूर के इतिहास से लेकर बाबर और की जानकारी दी है आमिर तैमूर आपने देखा है तुगलक वंश के बारे में आपने देखा होगा सल्तनत कालखंड में तो तुगलक वंश के काल आ, कालखंड में जो आपने जानकारी ली है उसमें नासिरुद्दीन शाह था तुगलक उसके कालखंड में तैमुर लंग लंगे ने वो लंग कहा गया तैमूर लंग का, का आक्रमण हुआ था तेरह सो में तो उस कालखंड में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था बड़ा साम्राज्य विस्तार आपने उसने किया था पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया तक भारत तक उसका साम्राज्य विस्तार था तो उसके बारे में भी जानकारी इस ग्रंथ में दी गई है उसके साथ में बाबर आई हुमायूं इसका इतिहास भी लिखा गया है अकबर का शासनकाल होगा जागीर का शासनकाल है उस उसकालखंड की महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें दी गई ऐसा कहा जाता है मुतमित खाव को जागीर ने आश्रय दिया था इसलिए उसकी ज्यादा स्तुति इसमें की गई नहीं वस्तुनिश्चित इसमें कम है मगर फिर भी आ, एक विचार करके इस ग्रंथ का अगर उपयोग किया जाए तो ये ग्रंथ भी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसके बाद में पादशाह नामा पादशाह इसका मतलब होता है बादशाह या सम्राट नामा यानी बादशाह की कहानियां या बादशाह के जीवन में खड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं उसकी जानकारी अः के कालखंड में अलग अलग ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं मोहम्मद अमीन काजिन इसने इस ग्रंथ की रचना किए शाहजहां के जो 10 वर्षों का कालखंड है उसके बारे में इसने उसमें जानकारी दी है जो शाहजहान था हम लिखते हैं कि जागीर के बाद में शाहजहान बादशाह बना था अः में और उसके बाद में औरंगजेब बादशाह बना था तो इस कालखंड में 10 वर्ष का जो कालखंड था उसका उसकी जानकारी इसमें पातशाह नामा में मोहम्मद अमीन काजिन के काजिनी ने दी है उसके बाद में दूसरा और पातशाह नामा ग्रंथ है काजिनी के कालखंड में जो पूरा शाहजहां का इतिहास है वो नहीं लिखा गया था तो इसलिए फिर अब्दुल हमीद लाहौर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था उसने एक काम पूरा किया और अगले जो दस साल है उसका इतिहास शाहजहाँ का इतिहास लिखने का काम अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था यह भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शाहजहाँ की जानकारी लेने के लिए आप देखते हैं कि शाहजहाँ का, का कालखंड भी एक वैभवशाली कालखंड कहा जाता है भारत के इतिहास का तीसरा पादशाह नामा ग्रंथ है ये मोहम्मद वारिस ने लिखा था मोहम्मद वारिस शिष्य था अब्दुल हमिद लाहौरी का तो जो अब्दुल हमीद लाहौरी के बाद में इसने शाहजा के कालखंड का जो इतिहास है वो इतिहास उसने लिखा था दस साल के एक स्वतंत्र इतिहास उसमें शाहजा के कालखंड का है ये भी शाहजा के कालखंड की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसमें हम देखते हैं कि बाद में एक गृह युद्ध भी चला था तो ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसके बाद में शाहजहाँ नाम आये hmm� ने शाहजहा के कालखंड की महत्वपूर्ण घटनाए शाहजहाँ की कहानी मोहम्मद ताहिर ने ग्रंथ लिखा था वो भी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है इतिहास के लिए उसके बाद में आलंगीर नामा, आलंगीर किसे बोलते थे औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था तो औरंगजेब के बारे में जो जानकारी देता है वो ग्रंथ आलमगीर नामा नामा यानी है तो मिर्जा मोहम्मद काजी काजिम ने ये ग्रंथ लिखा था औरंगजेब के कालखंड की जानकारी जानकारी इससे प्राप्त हो सकती है है तो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की लेने के लिए उसके बाद में जानकारीतुहाते आलमगीर फतुहाते ने विजय जय प्राप्त करना तो आलमगीर ने जो विजय प्राप्त की थी उस घटनाओं की अः जानकारी फतुहाते आलमगीर ईश्वरदास नागर ने इस ग्रंथ में दी है तो ये भी एक ग्रंथ महत्वपूर्ण इसमें प्रांतीय प्रांतीय इतिहास के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है वो गुजरात में भी रह चुका था तो यह भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ ईश्वरदास नागर ने जो लिखा था आलमगिरी मुंतक उल लुबान लुबान यानी प्रसन्न जो आ, उस कालखंड की रमणीय प्रसन्न जो घटनाएं थी चुनी घटनाएं थी तो उस घटना लिखने का काम खापी खा ने किया था इतिहास लिखने का काम काफी खाने किया तो हम देखते हैं कि औरंगजेब के कालखंड में इतिहास लिखना बंद हुआ था मगर उसने इस ग्रंथ की रचना की यानी खापी खाने ऐसा होते हुए भी इस ग्रंथ की रचना की औरंगजेब के बारे में इस ग्रंथ में जानकारी दी गई है उसके साथ साथ गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब सिख और मुगलों में जो औरंगजेब के कालखंड में संघर्ष हुआ था उसके बारे में भी जानकारी इसमें दी गई है उसके साथ साथ हम देखते कि शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के थे छत्रपति शिवाजी महाराज आ, उनकी आलोचना इस ग्रंथ में की गई इस ग्रंथ में की गई मगर हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज का जो वेक, वेक, आ, एक महान था, था इसलिए आलोचना करते हुए भी एक बात आ, खापी खानी उसमें बताई गई है कि शिवाजी महाराज महिलाओं का सम्मान करते थे धर्म सहिष्णुता थे तो ये एक बड़ी बात है हम देखते है कि जो सत्य उसने ये लिखा अः किसी शत्रु का इतिहास लिखते समय पूरे जिसमें उस शत्रु में क्योंकि खापी खाने जो लिखा है वो औरंगजेब का जो शत्रु था अः शत्रु थे शिवाजी महाराज उसके बारे में लिखा है मगर वो लिखते जो होता है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है मुगल इतिहास में जो एक उदार व्यक्ति था धर्म सहिष्णु व्यक्ति था एक न्याय था विचारवंत था कई सारे ग्रंथ उसने लिखे उसने मुस्लिम संस्कृति और हिंदू संस्कृति इसका समन्वय करने का प्रयास किया जो मुस्लिम साहित्य था या ग्रंथ थे धर्म ग्रंथ थे और भारतीय धर्म ग्रंथ थे उसमें जो समानताएं समानता वो खोजने का उसने प्रयास किया जो शाहजहान का बड़ा लड़का था हम देखते हैं कि बाद में औरंगजेब के साथ युद्ध करते हुए समय समोहगढ़ का युद्ध उसके बाद में उसे मारा गया मगर फिर भी उसने जो इस कालखंड में रचनाएं की है जो ग्रंथ उसने लिखे वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है एक महत्वपूर्ण व्यक्तिता उदाहरण मुस्लिम उसे कहा जाता है हमने देखा कि उसने फारसी में भी साहित्य लिखा है सफीनत उल अवलिया इसका मतलब होता है विभिन्न परंपराओं के सुपियों के जीवन का वृत्तांत सुपी पंत जो भारत में विकसित हुआ था जो अरब में निर्माण हुआ था भारत में भी उसका विकास हुआ उसके कालखंड में जो अः के जीवन वृत्तांत हो उसकी जानकारी उसमें दी गई है सकीनत उल अवलिया भारत में कादरी परंपरा के सूपियों का जीवन वृत्तान्त उसमें दिया गया है हम देखते हैं कि जो सुपी पंथ था उसके अलग अलग उप भी थे नक्शबंदिया होगा का है चिस्तिया होगा ऐसे अलग अलग पंथ थे उसके बारे में उसने इन्हें कादरी जो पंथ था उसका उसके बारे में जानकारी दी हसनात उल आरफीन अलग अलग संत जो है उनकी जो वाणी है उनकी जमत है उनके जो विचार है उसमें देने का काम इसे संग्रहित करने का काम इस ग्रंथ में उसने किया है तरीका हकीकत आध्यात्मिक मार्ग के जो चरण हैं होते हैं उसकी जानकारी इसमें दी है हमनुमा। सुपी पंथ या सॉरी सुपी प्रथाएं जो सुपी पंथ थे उसमें अलग अलग जो प्रथाएं थी धार्मिक प्रथाएं होंगी उसके बारे में जानकारी दारा शिकोहो ने इसमें दी है उसने श्रीमद भागवत गीता और योगा का भी फारसी में अनुवाद किया वो अलग अलग भाषाएं जानता था संस्कृत भाषा जानता था फारसी जानता था अरबी जानता था तो इस ग्रंथ की जो जानकारी है उसको जो थी, उसका भी उसने किया मजमहुल बहरेन समुद्र संगम एक उसकी अमर कृपा मानी जाती है इस ग्रंथ में उसमें भी जो अवधारणाएं है वेदांत या इस्लाम में वो अवधारणा उसमें जो समानता है, है उस समानता जो थी वो देने का काम उसने किया वो लिखने का उसने काम किया एक समन्वय निर्माण करने का काम दो संस्कृति में दारा शिको ने किया था उसने उपनिषद जो है उसका भी आ, ट्रांसलेशन किया था अनुवाद किया था फारसी भाषा में तो आ, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था अः दारा शिको जो उसका साहित्य था वो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है उसको मारा गया था बाद में ये बात अलग है जो गुरु संघर्ष चला था के लड़कों में तो इसके साथ ही जो औरंगजेब की पुत्री थी जेबुन उनसा उसने दीवाने मखली जो दक्षिण भारत का इतिहास है औरंगजेब के कालखंड की महत्वपूर्ण घटनाएं उसमें दी गई है मुल्ला दाऊद तारिक अल्पी नाम का ग्रंथ उसने लिखा है तो ऐसे कई साहित्य और भी साहित्य है मुगल कालखंड के जो फारसी भाषा में लिखे गए थे वो ग्रंथ भी महत्वपूर्ण थे कई ग्रंथ ऐसे भी हैं जो अनुवादित किए गए भारतीय ग्रंथ फारसी भाषा में अनुवादित किए गए जैसे महाभारत होगा अनिल दमयंती है अब्दुल रहीम खान खान और कई लोगों ने फारसी भाषा में उसका अनुवाद किया है तो यहाँ पर हमने फारसी भाषा के जो साहित्यता जो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है मुगल का इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानकारी ली है अगले वीडियो में हम जो मुगल कालखंड में अः संस्कृत भाषा होगी हिंदी भाषा है उर्दू भाषा है प्रांतीय भाषा है उसके बारे में जानकारी लेंगे उसके बाद में हम उसका महत्व जो पुरातत्वीय साधन है और लिखित साहित्य है उसके बारे में उसका महत्व के बारे में हम जानकारी लेंगे धन्यवाद